पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के श्री मुख से सुने भागवत और गुरु की महिमा का बखान जिस तरह से गुरु हमें भगवत चरणों तक पहुंचने की राह दिखाते हैं उसी तरह भागवत कथा का श्रवण हमारी आत्मा को निर्मल कर देता है आप श्री बागेश्वर धाम सरकार के पावन सानिध्य में श्री बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा गंज छतरपुर मध्य प्रदेश से श्रीमद भागवत कथा एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव का 6 से 13 जुलाई दोपहर चार बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार पर